बीस रुपया नमस्ते भाई और बहनों जैसे कि मैं मार्केट जा रही हूँ आज मेरा हस्बैंड मिलेगा शायद मुझे तो देखते हैं क्या होता है पैसा देगा तो सब्ज़ी ज़्यादा लाऊंगी ना थोड़ा बहुत लेके घर आऊंगी तो चलिए चलते हैं मार्केट का भी नज़ारा दिखाऊंगी कैसा है यहाँ पे सीढ़ी नहीं है अवर खबर रास्ता है इसी पत्थरों से चढ़ के जाना पड़ता है चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो इन्हीं रास्तों से आना पड़ता है इधर देखिएगा हम लोग जहाँ पे छोटा मार्केट है यहाँ पे तो सब्जी वब्जी खरीदते हैं दुकान भी है छोटा मोटा तो अभी मार्केट लग रहा है तो इतना आदमी है ना तो दो तीन दुकान खुला रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कम दुकान खुला रहता है और यहाँ पर सब्जी ज़्यादा खरीदती हूँ मैं दुकान में तो ये मोबाइल दुकान है और इधर मेडिकल है यही गाड़ी है जो टैक्सी बोलते हैं हम जिसको यहाँ पे टैक्सी यही चलता है इस बाज़ार का नाम है गेजिंग अगर आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं जैसे पेलिंग जाने के लिए तो आप लोग घूम सकते हो इस टैक्सी का आपको हज़ार रुपये भाड़ा लगेगा और आप लोग दिया बीस रुपये अदरक दिया बीस रुपया ये जैसे सकरगंध जैसा दिख रहा है ये सकरगंध नहीं है ये उसको उसका जड़ है जिसे हम उधर अपनी तरफ में किसमिश बोलते हैं इसका यहाँ पे सब्जी बना के खाते हैं और इधर मटर रखा हुआ है इधर बीस रुपए का दर्जन संतरा रखा हुआ है और थोड़ा बहुत नेपाली सब्जी भी है जो यहाँ पे बहुत पसंद करता है हम लोग भी खाते हैं कभी कभी ले अच्छा लगता है खाने में तो देखिए चलिए इधर भी चलते हैं नीचे यहाँ पर भी नीचे कपड़े का मार्केट है चप्पल और बर्तन भी मिलते हैं शीशे के तो ये देखिए कपड़े का मार्केट लगा हुआ है बहुत सुंदर कपड़ा है पर इधर महंगाई भी बहुत है पर हफ्ते में दो बार मार्केट लगता है तो शुक्र रविवार को और बीपीआर को मार्केट लगता है और रोज़ नहीं रहता है रोज़ खाली दुकानों में मिलता है कपड़ा तो ये मार्केट लगता है तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को तो इधर राशन का भी सामान रखा हुआ है नीचे लोगों ने रखा हुआ है बिक्री हो रहा है आलू प्याज का भी बहुत भीड़ लगा है बहुत खरीद रहे हैं इधर गाड़ी ताज़ा ताज़ा सब्जी है जो आज ही आया होगा शायद हम भी ले, देख लेते हैं थोड़ा बहुत और इधर देखिए दूध का दुकान में जा रही हूँ मैं तो मुझे लग रहा है शायद ख़त्म हो गया है तो फिर भी जाके एक बार पूछ लेती हूँ इधर से मुझे जाना पड़ेगा ये पूरा सीढ़ी हुई दारी का, का काम करना पड़ता है कुली का, का काम करना पड़ता है और यही सीढ़ी चढ़ना पड़ता है उतरना भी पड़ता है भारी ले भारी सामान लेके कर उतरना ही पड़ता है चढ़ना भी पड़ता है जैसे कि पचास के हो गया एक क्विंटल ऐसा ले चढ़ना पड़ता है उतरना पड़ता है और इधर बगल में दुकान है इधर बगल में दुकान है ना मार्केट में सब्जी के देखिए आदमी सब सब्जी ले आ रहा है इधर और देखिए वो बेचारा कितना मेहनत से काम कर रहा है अपना बीवी बच्चों के लिए वो बुक के जा रहा है सामान उठा के जा रहा है पीठ पे इधर मेरी छोटी लड़की का सरकारी स्कूल है ये जो इतना जिम करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ सीढ़ी उतर रही हूँ इतना जिम करके हम पहुँच गए मार्केट में तो अभी देखिए इधर तो थोड़ा ही बड़ा दुकान है बूढ़ी आदमी ने दुकान लगा रखा है ये पूरा बाजार है और ये रेडीमेड रेडीमेड कपड़ा लगा हुआ है फिर भी उतरना तो पड़ेगा मुझे तब मार्केट इधर लामा लोग लामा लोग चल रहा है लामा जिस यहाँ पे लामा देवता को पूछता है और ये सब दुकान है कितना आगे जाना ये देखिए हम लोग का मार्केट आने वाला है अभी वह आदमी सब हर कुमार बहुत सारा आवे तो से जाएंगे कितने पता? बोलो, है बोलो छोटी इसमें गोल बिंदी नहीं है रे मेरी गोल नहीं। गोल बिंदी है आ नहीं करते आर अब नहीं करते नहीं करते इधर स्वाटर बुन रहा है कोई न ले मारेंगे तुमको धर के इधर से चप्पल लिए थे मैंने ये चप्पल मार्केट है ठीक है गया ना। हाँ लड़का हुआ।, हुआ ना, तो ना खुले है खाल के